सह ने कहे भेजी है नहीं होता है शी होता नहीं तू हु हुता शी कह सहगु निकह भेज होता तेन हुत शी कह सहु निकह भेज हो, हो, जाने हो।, हो तुरा पटुरा जहियाना हो दिन पगल तू हो जन मज हो, हो तो ले, ही, ले ले ही अब बजलिया बुझे बू हो आईना में के जा ससुर जब होना में देखु हमारे पीबु हो हमारे बिबू हो मीठू मारस राहुल हाँ uh -huh. uh -huh.